चल चित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। में में मैंने मैंने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था जितना मैंने में पढ़ा प्रमोट हो गया तो उसकी मेहनत होगी इससे बेहतर है कि तो कोई चांस ही नहीं आगे जहाँ तक मैंने नॉलेज गेन की है इंटरनेट के माध्यम से तो उसमें हमें पता चला कि कुछ आपका 20 परसेंट जो है टेंथ के बेसिस पे मिलेंगे और कुछ आपके एलेवन्थ के प्री बोर्ड्स वगैरह हुए जो एलेवंथ के बेसिस पर मिलेंगे और ट्वेल्थ के प्री बोर्ड जो आपके होम बोर्ड हुए स्कूल के अंदर उसके बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे लेकिन इस चीज़ से मोस्टली जो बच्चे हैं वो अनसेटिसफाई हैं और अनसेटिसफाई मैं भी हूँ क्योंकि टेंथ में मैंने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था जितना मैंने ट्वेल्थ में पढ़ा और उसके हिसाब से मुझे कहीं कही ना कहीं हेजिटेशन है कि ट्वेल्थ में कहीं मेरी परसेंटेज लो ना हो जो आ, मेरा एक ड्रीम था एफकेट जो गर्ल्स के लिए एंट्री होती है एयरफोर्स में उसमें आपको फ्लाइंग ब्रांच के लिए मिनिमम सिक्सटी परसेंटेज लानी होती है तो मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स में अलग अलग तरीके से और आपका जो परसेंटेज होता है वो मैटर करता है बहुत ज़्यादा तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश की थी लेकिन जैसे कि आपने देखा कि टेंथ के बेसिस पर और आपको अलेवेंथ और ट्वेल्थ के बेसिस पर कुछ मार्क्स ऐड करेंगे तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा अनसेटिस्फ़ाई हूँ आपकी पढ़ाई कैसी हो रही है मेरी अभी कोई इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है जैसे कि एग्ज़ाम्स का अगर आपके ऊपर ये प्रेशर रहता है कि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो आप अपना हंड्रेड परसेंट देने की कोशिश करते हैं लेकिन अब आपको पता चल गया है कि आपके एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं तो उस वजह से आप थोड़ा सा लापरवाही कर देते हैं पढ़ाई को लेकर कौन सी कक्षा में पढ़ते हो मैं अभी ट्वेल्थ पास आउट हूँ कैसे हुआ आप पास पास प्रमोटेशन की वजह से हुआ है गवर्नमेंट का देश था प्रमोट कर दो तो प्रमोट की वजह से मैं पास हो होगा आपके बाद तो कैसा लगा आपको प्रमोट होकर के प्रमोट होने के बाद अच्छा भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा है उसका कारण है कि गोरमेंट ने सबको एक तरफा ले दिया बट अगर गोरमेंट अपने हिसाब से नंबर दे तो गलत होगा वैसे पेपर लेने चाहिए गवर्नमेंट को Uh, अच्छा कर दे क्योंकि स्टार्टिंग से कोई बंदा अगर मेहनत कर रहा था बारहवीं में लास्ट में जाने के बाद पड़ता चला कि उसको प्रमोट हो गया तो सारी मेहनत जीरो कोई लड़का अगर अपने ट्वेल्थ अलेवंथ अपनी खो चुका है बिल्कुल जीरो परसेंटेज या फिर उसकी मनचाई परसेंटेज नहीं आई वो ट्वेल्थ में स्टार्टिंग से मेहनत कर रहा था लास्ट में बच्चा कि प्रमोट हो गया तो उसकी मेहनत तो जीरो होगी लेकिन अगर पेपर होता तो क्या पता एट्टी नाइन्टी या नाइनटी अपने हिसाब से नंबर लाता सबसे बड़ी दिक्कत होगी किसी इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन लेना उसके लिए दिक्कत होगी क्योंकि हमारा एलेवंथ और ट्वेल्थ बेस कमज़ोर हो गया और उसके एडमिशन इसी लिए अलेवेंथ और ट्वेल्व बेस कमजोर कमज़ोर नहीं बल्कि स्ट्रांग चाहिए बट ये तो कमज़ोर हो गया और गवर्नमेंट ने भी प्रमोट करने के बाद और इसमें एक तरह खंजर का काम किया है जबकि गवर्नमेंट को अगर थोड़ा पेपर लेना, थो, तो लेना था तो गवर्नमेंट को 30 परसेंट कट के साथ पेपर लेना था और पेपर अच्छे से लेना था क्योंकि चुनाव भी तो करवाया ना गोरमेंट ने भी एक महीने पहले अच्छा जी तो जब चुनाव सक, करवा सकते हैं तो पेपर भी करवा सकते हैं ना आप बता रहे हो कि क्या आपका ग्रेजुएशन करने का कोई विचार है हाँ जी ग्रेजुएशन करने का विचार तो है और मैं सबसे पहला वीडियो अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को मानूंगा क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण यूनिवर्सिटी ऐसी है जो तो गवर्मेंट ने सबसे अच्छा काम किया यहाँ पे खोल के अगर यह ना होती तो किसी बंदे को क्या पता दें दिल्ली देहरादून कहाँ पर जाना पड़ता और फाइनेंस भी इतने यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ पर किसी लोगों की कि वह दिल्ली या देहरादून जा किसी इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन ले और बड़ी बड़ी डिग्री कॉलेज में पढ़े क्योंकि वहाँ पर एक या डेढ़ लाख का खर्चा आता है जबकि फाइनेंस के ऊपर ऐसा नहीं उठा सकता यहाँ का कोई बंदा क्या करते हो फिरोज भाई आप मैं भाई पहले तो स्टूडेंट था जो लॉकडाउन लगा उससे मैंने काम सीख लिया पेंट का कितने नंबर आए थे आपके पिछली कक्षों में ग्यारहवीं क्लास में ग्यारहवीं क्लास में सत्तावन परसेंट आए थे अगर आपको ग्यारहवीं के आधार पर बारहवीं में नंबर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा जी बहुत दुख दुख दुखी लगेगा जी वैसे जो ग्यारहवीं के हिसाब से नंबर दिए जाएंगे उससे कुछ नहीं हो सकता हमारा सर सारी जगह परसेंटेज के हिसाब से ही चलता है काम सारी सारी प्रॉब्लम ये है की परसेंटेज कम के हिसाब से नौकरी नहीं मिल पाएगी आपको पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता क्या वजह है इसकी? कि मन यही वजह है कि देखो हमने पहले अपनी पूरी मेहनत करके पूरी मेहनत करके हमने पेपरों की इच्छा जुटाई थी इच्छा है लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास करके हमने पूरी इच्छा करी कि हम पेपर देंगे आपकी पिछली पीढ़ी में कितने लोग हैं जिन्होंने कक्षा बाराई उससे ज्यादा ग्रेजुएशन कर ली हो तो भाई दो है वे भी बेचारे वे नहीं रहेंगे उन्होंने भी कोई नौकरी पौकरी नौकरी जो पहले बड़े बूढ़े थे वे क्या करते थे कि नौकरी पौकरी का क्या चक्कर छोड़ दो पढ़ाई करके कुछ फायदा नहीं आए लेकिन अब भी ऐसे ही लग रहा है कि हमें इस पीढ़ी में भी कि हमें भी यही करना पड़ेगा इससे बेहतर है कि अपनी मजदूरी पूरी करो अपना काम करो नौकरी की तो कोई चांस ही नहीं है तनाव यह है कि घर वाले भी कहते हैं कि इतने साल बर्बाद करते बारह साल बर्बाद करते तो पढ़ाई पढ़ाई के चक्कर में जो काम सीख लेता अब तक कुछ और कहीं और करना कामयाब होता पर लेकिन अब तो घर वाले भी जाते हैं वो करे लगे अब हमारा ना इतर के उधर के वैसा हो गया काम हमारा अब पढ़ाई उस लेवल पर हो नहीं पा रही है जिस लेवल पर सोचा था हालांकि जो हमारा ये छुट्टिया रही हैं जो हमारा लॉकडाउन की वजह से घर पर रहकर जैसा कि लगता है मोस्टली को कि घर रहकर अच्छी पढ़ाई हो सकती थी आप सेल्फ स्टडी कर सकते थे लेकिन जैसे कि आपको पता कि घर में काम होता है और काम वगैरह में और घर में एडजस्ट कर पाना फैमिली मेंबर्स के बीच में पढ़ाई के लेवल को कभी कुछ काम हो जाता है आपको कभी कुछ काम हो जाता है तो उस हिसाब से पढ़ाई हो नहीं पा रही